खरीदने को तो हवाई जहाज़ भी खरीद लूं, पर फिर रिश्तेदार ताना मारेंगे कि घर के ऊपर से गया और मिलकर भी नहीं गया